तो नमस्कार दोस्तों तो मिस्टर मीना यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत स्वागत है और आज एक जबरदस्त वीडियो के साथ में मैं आपको लेके चल रहा हूँ और मेरे साथ है ये महाराज जी क्या नाम है सर हेमराज हेमराज जी महाराज जी है ये यहाँ की स्थानीय निवासी है और ऐसी जगह जो मतलब ना तो मैंने देखी और शाई दी आपने देखी होगी और उसका नई इतिहास है जो वो पहली बार मैं आपको इतिहास बताऊँगा और यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा भूड आया मतलब मतलब, मतलब मिट्टी है तो मेरी गाड़ी जो बुलेट है बुलेट भी हाँफ़ गई यहाँ पे क्योंकि इतने तो यहाँ पे मिट्टी है तो उस कंडीशन में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बाइक के लिए इतना सा काम कर देना क्योंकि हम जाएँगे बिल्कुल पहाड़ियों के बीचों बीच और वहाँ पर एक ऐसी जगह बताएंगे बिल्कुल सीक्रेट लेकिन आप वीडियो भी बने रहे मैं बताऊँगा कहाँ जा रहे हैं आप वीडियो के साथ चलते रहिए और मेरे साथ जो मतलब आपको पीछे वाला बिल्कुल गने जंगल में है तो मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार 360 डिग्री का रोटेशन लेके बताइए कि किस जगह पे बिल्कुल स्लो मौसम में मतलब 360 डिग्री का रोटेशन से आपको बताएंगे कितने घने जंगल में हमें यहाँ पे कोई जानवर भी खा सकता है कुछ भी अटैक हो सकता है मतलब और बिल्कुल हम केवल तीन आदमी हैं कैमरामैन और एक मैं और एक महाराज जी तो हमें इसका इतिहास बताएंगे महाराज जी यहाँ पे क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था और ऐसा बोलते हैं यार दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे दिन में जाना अलाव भी नहीं है लेकिन हमने इस वीडियो के लिए आपको स्पेशली मतलब आपके वीडियो के लिए बुलाया है मतलब यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा वनटेड पहले से मतलब यहाँ पे दिन में भी आदमी नहीं जाते बिल्कुल हाँ जी और वो जगह है तो महाराज जी वो कौन सी जगह है बाउडी रंगसा की बाउडी बोलते हैं मतलब कांग्रेस मतलब मीणा रहता है हाँ पहले जो दोस्तों जो मीणाओं के आपने इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मीणाओं की 24 खापे होती है उसमें से मतलब आपने उसमें से एक गोत्र मिलेगा आपको कांग्रेस और जो आपका भाई जो मैं भी मीणा ही हूँ तो जैसा कि मेरे चैनल पे आपको दिखा मिस्टर मीना टोंग के हिसाब से तो मेरा नाम है मीना और दोस्तों मैं जो रिलेटेड हूँ कांगस गोत्र से तो मैं खुद की बढ़ाई तो नहीं कर रहा लेकिन इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बहुत ही जगजोर कर देने वाला है गांव के अंदर जिसके उसे आपको वीडियो बताएंगे तो वीडियो में आप पूरा देखे रहिए और एक एक जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों हमारे साथ आज इस जानकारी के साथ में हेमराज जी जो है योगी और ये स्थानीय गाँव के निवासी पासी में जो रामपुरा धाकड़ा जो गाँव है उस गांव की निवासी है और इनके जो दादा परदादा जो भी वंशाज है तो उनके मुँह से इन्होंने जो सुना और जो पढ़ा देखा और जो देखा वो सारी जानकारी आपको हम बताएँगे और मेरे साथ दूसरे आदमी है कैमरा मैन यहीं की निवासी है जो वो आपको बताते कौन है आपकी साइड कैमरा करके बता दीजिए थोड़ा सा दूर करके तो हमारे जो कैमरा है वो ये है तो दोस्तों बता दें कि ये जो दोनों व्यक्ति है तो हमारे जो कैमरामैन मैन साहब है ये भी यहाँ के स्थानीय निवासी है और हमारा जो आज का वीडियो है ये शूट करेंगे और आपका नाम सुरेंद्र बेरागी ये सुरेंद्र बेरागी जी है और आपको दोस्तों बता दें ये हमारा स्टूडेंट रहा था और ये बारहवीं पास कर चुका है और ये काफ़ी इंटेलिजेंट बन बंदा इसके एट्टी परसेंट बनी और ये यहीं का ये जो है निवासी है ये बहुत अच्छा वीडियो शूट करते हैं तो समय नष्ट नहीं करते हुए हम उस पैलेस पर चलते हैं उस जगह पे चलते हैं तो बहुत कम इसलिए हाँ बिल्कुल टाइम कम है और दोस्तों मैं बता दें एक मिनट पकड़िए तो मैं आपको बता दें कि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल घनघोर जंगल है कोई भी आदमी या कोई भी जानवर कोई लुटेरे बहुत सारा आप देख सकते इतना घनघोर जंगल है कि हमारी मोटरसाइकिल ने जवाब दे दिया यहां पे क्योंकि हम चाहें तो ये भागा भी नहीं सकते और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा है, का टाइम है। तो हम जान जोखिम तो नष्ट करते हुए हम यहाँ चल रहे हैं। तो चलते है तो और वीडियो के साथ एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हुए बंद कर configura दोस्तों हम लोग आ ही गए उस जगह का जो जिस जगह पर हम ले जा रहे हैं आपको तो अब आप वीडियो को पूरा पूरा देखते रहे ध्यान से देखें अब आप देख सकते हैं कि कितने घने जंगल में आ गए मैं एक बार कैमरामैन से बोलूँगा कि आप धीरे धीरे बिल्कुल स्लो डायरेक्शन में आप बताइए कि यार अब अगर हम भागना भी चाहें यहाँ से तो कहाँ भागेंगे और छिपना भी चाहेंगे तो कहाँ छिपेंगे मतलब इतना घनघोर जंगल और इतना बारिश का मौसम इतना डरावना मौसम है जिसका कि मतलब बिल्कुल सोचा भी नहीं था इतनी खतरनाक जगह ये तो अब चलते हैं हम वीडियो के साथ में तो हमारे को हम जानते नहीं रास्ता उस जगह का उस वांटेड पैलेस का और वो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो हमें पंडित जी ले चल रहे हैं चलिए पंडित जी जीते हुए रास्ता, तो हमारे साथ वीडियो को बिल्कुल ऑन आइए कैमरा मैन तो हमारे साथ साथ जो वीडियो बनाते हुए आइए और ऑन तो तो में जो है मेरी गाड़ी की चाबी निकाल लाता हूँ और इसकी जो है तो खेल नहीं तो मैं इसका चाबी वाला लोग देते तो दोस्तों हमारी बुलेट को यहाँ मजबूरी में खड़ा करना पड़ रहा है हमें तो क्योंकि यार आप जानते हो कि यार इतनी कम सकते क्योंकि यहाँ पत्थर है और अगर बुलेट हमारे गिर गई तो हमें टांग तो भूल जानी पड़ेगी तो हमें ले रहे। और अब हम जंगल में जा रहे हैं यार यहाँ पे काफी बड़ी है। ये पानी के आ, आने के कारण होते अच्छा ये पानी खड्डा हो जाता है इसमें हाँ पाने का तेज बहुत है इसलिए यार कितनी कंदरा यार इतने कैमरा में तो कि इसमें, में तो तो इसमें तो कोई मेन तो कोई जानवर तो नहीं मिलता है आए ये भी तो वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुआ कि हमें जो है जान जोखी में डालनी पड़ रही है कि यहाँ पे एक सांप था बहुत बड़ा कोबरा और वो जो कोबरा है एक सेकंड में जो है वो यार दोस्तों में बता दू आपको की ये जो कोबरा था कोबरा ये रसल वाई हो सकता है यार धीरे धीरे वीडियो को तो आप सलोम में बता रहा हूँ देख सकते हो ये रहा सांप ये इससे करते हैं हम खिड़की से देखते हैं कि ये ए, अरे मरा हुआ तो है क्या जिंदा नहीं जिंदा और चलने लग गया यार ये तो ये देखो दोस्तों ये चल रहा है वो गया तो यार वो जो उसका मुँह है सांप का वो इतना खतरनाक सांप है यार देखो यहाँ पे वो चल रहा है यार दोस्तों वो हमारी तरफ़ मुँह पर रहा है यार वो जीप भी निकाल रहा है चला ये यहाँ पे है देखे वो खा रहा यार ये तो देखो वो खाने दौड़ रहा यार कितना खतरनाक अटैक कर रहा है वो देखो वो यार खतरनाक देखो जहर इसका दोस्तों मैंने इससे लगाया इसको जहर से बर्देस्त नाली चलो यार यहाँ से वहाँ चलते हैं उससे तो यार अभी तो वीडियो स्टार्ट नहीं है उससे पहले सांपों ने अटैक करना अब कितनी दूर है महाराज जी ये वो जगह है जहाँ पे कभी लोग रहते थे मतलब इस जगह पे पे है देख सकते हो ये गांव अब देखो दोस्तों आपको बता सकते हैं कि ये वाली जो ईटे हैं आप देख ही रहे होंगे यार ये जो हड़प्पा और मोनजोदरों में जैसी ईटे वाली है आप बिल्कुल आप कलोज से आपको ये बता देता हूँ मैं ये वो वाली ईटे और आज खुदाई में ये उसे मिलते है इसका मतलब वाकई यहाँ पे जो है बस्तियां थी और गाँव वाले यहाँ रहते थे ये बिल्कुल अवशेस है इसकी इस तरीके से आप हमें पूरा बताना पंडित जी जो हमने मेहनत करके और तेल बाल के आए हाँ और दोस्तों यार हमने पेट्रोल फूंकने की बड़ी मुश्किल से यहां पहुंचे थे यार प्लीज लाइक कर देना यार वीडियो को यार ये पेड़ आ गई भरम था हां नहीं आज आज ये जाले है तो ये सब जानते है यार यार तुम तो बहुत ज्यादा जंगल में आ गए तो बहुत ज्यादा पानी आता यार में टिक -टिक। को यार ये। बहुत है बहुत यार बहुत सुनारा जंगल है बहुत ही शानदार यहां से भी एक पर एक बैकग्राउंड ले लो वाला ये ये लोग बिल्कुल लो बिल्कुल मोशन में में में में है है ना यार दोस्तों उस जगह जगह पे हम आज आ ही गए जिस के तलाश रूपवास गांव इधर जाता है आ, आ, आ, अभी भी जाते हैं कोई कोई में नहीं नहीं ना तो ये रास्ता है पहले गाँव का इधर एक गाँव है रूपवास आए गए इधर जिस जगह की तलाश है बहुत घना जंगल है भाई लोगों रास्ता बिल्कुल खतरनाक है पार करना बहुत आसान हो रहा है ये खरगोश के लिए जगह मनाई गई है तो यार ये बावड़ी थी है। हाँ। तो भाई लोगों जो वो बावड़ी की हम बात कर रहे थे वो जो आप देख रहे हैं सामने के अंदर ये गड्ढा टाइप पंडित जी अप थोड़ा अंदर चलते हैं है पूरा ये क्या चीज है यार ये, क्या ये तो है अच्छा हाँ। ये देख लो को क्या खाने खाने का नहीं नहीं ये अच्छा? ये दर्द के लिए अच्छा तो यार दोस्तों थी बावड़ी है। थोड़ा अंदर चल सल चलते थोड़ी करनी पड़ेगी की, की लेकिन थोड़ा इसको तो इस आ दो नारे लग रहे चलाते ये थी वो बावड़ी हाँ। ये पहले बहुत भारी बावड़ी थी इस जगह पे सीढिया वगैरह तो के कारण नष्ट हो गये तो ये बोलते हैं कि पे तो तो सीसी रोड से मतलब उसको तू, तू, दिया बताया हाँ। ये है वहां तक थी बाउडी तो यार भाई लोगों जो जो ये जो बावड़ी है ये ही इसी को बोलते हैं कांगसों की बावड़ी ये रांगस की बावड़ी बोलते हैं महाराज जी आ, जो अलग अलग नाम से बोलते हैं रांगस का मतलब राक्षस ही होता है मतलब राक्षस टाइप के राे वो था था था था था। वो दस बीस आदमियों को तो तुरंत ही खत्म कर देते थे मतलब सिंगल आदमी सिंगल आदमी बिना किसी हथियार के तो ये बाउडी दोस्तों यहाँ से जहाँ से कैमरा खड़े है यहाँ से लेकर के वो आप देख रहे हैं वो जो जो गाफी बड़ी इस साइज इसको खुदाई हो गई जो पत्थर पड़े हैं उन्होंने खोदा हुआ इस बाउड़ी को ये हाँ, बहुत पुरानी है यहाँ पे खुदाई करिए और यहाँ पर जो जो मेन बावड़ी में इस जगह पे जो है कुछ, ना कुछ रहता होगा कुछ कुछ हाँ। है। है तो हो अच्छा उन्होंने ये वॉल खोदी हाँ। तो इतनी बड़ी बाउडी है और आपको मैं चल के बता देता हूँ अंदर इसमें मैं तो नहीं जाऊंगा ना अंदर यार पे जो है बताते वही तो तो वो वो इसकी चारों तरफ की बाउंड्री हो रखी है, वो थी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं खड़ा हूँ जिस जगह पे कोई भी बंदा जो यूट्यूब पे है जो हॉन्टेड वीडियो बनाता है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दूंगा और इस जगह का रात का नाइट का वॉन्टेड वीडियो बना के बताना और फिर देखते हैं उनको भूत मिलता है या नहीं मिलता और वो होता क्या है उनके साथ में दोस्तों मैं तो अभी दिन के समय में आया हूँ लेकिन मुझे अभी फिलहाल बहुत भयंकर डर लग रहा है हो सकता है कुछ भी हो जाए हमारे साथ में और हम तीन आदमी हैं और अभी आपको बताए थे इतनी बड़ी मांग यहाँ पर हो सकता है यार ये इतनी बड़ी मांग तो कोई बगैर या चेते हो सकता हो सकते हैं यहाँ पे क्यूँकी इतनी बड़ी है माँ तो सेंगलता है उस बाउडी का मतलब में मेन जो वाटर होता था और इसी बाउड़ी में वो जो पूजा करते थे आज समय के साथ में ये बाउडी अपनी विडम्बना पर आंसू बहा रही है की कोई आए वो राउडी को वापस वैसा बना ही बना दे जैसी ये पहले थी लेकिन दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे आके और इसे खुदवा सके और दूसरी बात तो दिन में हिम्मत नहीं है हमने तो हमने बड़ा कलेजा कठोर करके यहाँ पे आए हैं और हमारी जो है आपको बता दे रू काप रही यहाँ पे इतनी गर्मी में भी जो है हमारे जो रोंगे खड़े हो रहे हैं यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है फीलिंग हो रहा है वाकई ये हॉन्टेड पैलेस है और हमें फ़ील हो रहा है इस चीज़ को मैं बता नहीं सकता आपको कि वाकई क्या फील हो रहा है और आपको अगर यकीन नहीं हो तो आप खुद आके देखना कि ये किसी जगह है और काफी बड़ी बावड़ी है यार ये तो इधर होके तो चलते हैं इधर मैन बहुत दोस्तों रास्ता बहुत खतरनाक है जाने का कोई रास्ता नहीं है दोस्तों ये देख सकते नीचे बैठो भाई लोगों, अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा आप देख रहे होंगे ये जो अब ये ये सीढ़ियाँ हैं दोस्तों हाँ। दिख रही है आपको कैमरा मैन से बोलूँगा इसमें दिख रही है बिल्कुल ये सीढ़ियाँ उस टाइम की है जब उन रंगसों ने या कासों ने बनवाई थी और इतनी शानदार डिजाइन है कि आज भी ये ये किसी से शायद बन नहीं पाए मैंने बोला था वहाँ पे पे निकल रही थी निकल रही तो थी। ये जो बिल्कुल बिल्कुल चिनाई है है है की की और पे बिल्कुल वो चीज़ है, आज भी है, ऐसा मुझे लग रहा फील हो रहा है और वाकई ये बाउड़ी की जो सीढ़िया कुछ सीढ़िया मिली यहाँ पे वाकई यार पंडित जी तो सीढ़िया बहुत भारी है और बहुत बनाई है, काट, काट, काट के है तो तो वो ये जब होगी तो ओरिजनलिटी में अगर 10-20 साल पहले मैं वीडियो हाँ। बनाता तो शायद जाने के सब माहौल होता लेकिन मैं तो काफ़ी लेट हो गया लेकिन फिर भी यार दोस्तों मेरी लाइफ में पहली बार मैंने इस जगह पे आया हूँ मैं जान में डाल करके बहुत ही खतरनाक आप तो जाल उग गया और सबसे पहले मूर्ति भी नहीं लेकिन तो पानी का जो बहाव है का हाँ। वो पूरा इस बावड़ी में गिर गया इस वजह से ये बावड़ी जो है शायद नष्ट हो गई और कुछ बोलते हैं कि ये काफ़ी गहरी बताई तो उसको सीमेंट से और जाने किससे से बताया इसको क्योंकि इसका वरदान था आज भी कि अगर इसकी खुदाई करके किसी को इसका पानी पिला दें तो उसमें वो ताक़त आ जाती बताई अब दोस्तों मैंने पानी पी के तो देखा नहीं लेकिन शायद ये सी खिदवनती है या फ्रांति है क्या है या इतिहास में क्योंकि ज़्यादातर जो इतिहास था वो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि जो इतिहासकार जो लिखते हैं वो ऐसी ऐसी घटनाओं को दबा देते हैं या फिर निकालते नहीं है लेकिन ये तो जाहिर सीख बात है कि यार यहाँ पे वाकई कोई बावड़ी है क्योंकि मैं कैमरा मैन से बोलूँगा पास में वाकई चिनाई है कोई पत्थर नहीं है यहाँ पे आके बता सकते हो इनको ये वाकई बावड़ी की जो है सीढ़ियाँ हैं इस जगह पे किस तरीके से पत्थरों को पत्थर रख कर के विदाउट चुने के किस तरह से बनाई हुई होगी तो अब दोस्तों मैं चलता हूँ आपको उस गांव में ले चलते हैं जहाँ पे वो रहते थे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की है देखो जाल के पेड़ है और मेरे इसमें चिपक गए हैं तो मेरे ऐसे पेड़ बहुत है जंगल में निकलने के लिए रास्ता नहीं है रास्ता नहीं है बिल्कुल भी खतम रास्ता है लग गई तुम्हारे बबूल बहुत है तो हमें महाराज जी अब उस जगह पे जा रहे हैं हम इस बावड़ी को देखने के उधर का रास्ता भी दिखा दो की कभी खुदाई करी होगी तो दोस्तों आप ये तो जानते होंगे की यहाँ पे बावड़ी देखो भैया इधर आना है कि ऊपर जाके दिखते हैं दिखाते हैं राजी मिनट हम आ रहे हैं हैं इनको दिखवा देते हैं। तो भाई लोगों ये राव उनका ये ये ये उनका इतिहास नहीं देखो चिनाई का जो है ये जो बिल्कुल थी थी कभी इधर आओ मेरी जगह पे और इस बावड़ी को जो खोदा गया होगा वो पत्थर उन्होंने खोद खोद करके कैसे निकाले होंगे तो आप सोच सकते है भाई लोगो की यार ये जो खुदाई में निकलते हैं इसे पटपटा क्या बोलते हैं ये कच्चा पत्थर आपको दिखा दें ये ठीक जो मृद भांड होते हैं दोस्तों उसके अवशेष से ये बिल्कुल ये पुराना काफी ये ये देखिए ये दोस्तों मिट्टियों ये घड़े वगैरह रखते हैं यार ये तो ज़्यादा पुरानी नहीं है क्यों तो, भाई लोगों आपको बता दें जो पत्थर ये दिखा इसको ये खोदा था ये जो पूरा इसी बावड़ी में से खुदाई करिए ये जो पूरा जो मलबा है इस बाउडी का मलबा है और ये काफी है अब से इसका पूरा पहुंच लो दोस्तों ये भाई काटे भग जाएंगे यहाँ पे बहुत ही भारी मामला है पे। आप देख सकते हैं ये पूरा मलबा किस तरीके से इसको डाया होगा उन लोगों ने दुश्मनों ने और ये देखो यहाँ भी बताना दोस्त आओ आज भी ये चिनाई हो रही है बिल्कुल चिनाई बहुत लंबी ये मलबा निकाला था उन्होंने इस बाउडी का उन लोगों ने और ये ये देखो यहाँ पे ये पूरी मर्दबाण है।, तो है।, है यार सारे ये देखो तो ये पूरे मर्दांड है ये देखो ये देखो ये आज इस बयान कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई वाकई वो रंगछ इसमें पानी पीते होंगे इस मटकियों के अंदर जो आज फूट गए कुछ भी नहीं बचा लेकिन यार बहुत गजब का सीन है यार और वो गांव कहाँ था महाराज जी कितनी दूर है यहाँ से गांव चलते वहाँ पे गांव तो कई लोगों वो जो वो रांगस या कांगसूर रहते थे कहाँ रहते थे वो उस गाँव में ले चल रहे हैं आपको ओ यार यहाँ पे वास्तव में एक घर होंगे सच में यार कितने सारे मर्दांड है यार ओहो हे भगवान बिल्कुल यार किस तरीके के मटके थे उस टाइम ता, के कच्चे पत्थर के दोस्तों बारी। मिट्टी के बर्तन की डिजाइन आपको दिखा दें बहुत ही प्राचीन इस पे कुछ लगा हुआ है यार पढ़ लगे नहीं नहीं ये तो कोई मिट्टी है नहीं तो हो यार कितनी पुरानी यारी है बहुत समय यार पंडित यार आज तो मज़ा लगे यार मुझे यार एक पल पलभर के लिए वो ज़माना याद आ रहा मतलब मैं कर उस जमाने में जा तो नहीं सकता हूँ लेकिन सोच सकता हूँ भाई लोगों यार यहाँ पर बस्तियाँ थीं और लोग रहते थे गजब की भी रमे यार एक बात करते हैं यार भाई लोगों यार मैं महाराज जी पहले यहाँ पे जो आपके जो दोस्तों आज जो पैसे चलते हैं नोट चलते हैं तो हम कोशिश करेंगे हमें कोई सिक्का या कुछ ना कुछ ऐसी कोई धातु की चीज़ मिल जाएगी तो हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे खैर बिना उपकरण के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन एक बार दोस्तों अगर आप कमेंट करके मुझे बोलोगे तो मैं मेटल डिटेक्टर ला के कर कोशिश करूँगा कुछ ढूंढने की कि भाई कोई चांदी का सिक्का या कोई लोहे की धातु का टुकड़ा या कुछ भी अगर ऐसा मिलता हमको तो उस वीडियो में मैं डिटेक्टर के साथ मैं आपको बताऊंगा अगर मिल, जाएगा। अगर मिल जाएगा। हो सकता है मिल जाएगा। मिले मिले नहीं हैं हैं हैं मिलते मिलते हैं क्या कुछ को मिले तुम्हारे गाँव में है भाग्य अच्छा? में सपना के अंदर चल जाते अगर हम अपन ढूँढें उससे मशीन से तो मशीन हाँ मशीन से ढूँढे तो कुछ ना कुछ न है। कुछ ना कुछ तो मिलेगा आ, तो एक बार करते हैं दोस्तों एक बार और वीडियो बनाऊंगा मैं आपको मेटल डिटेक्टर के साथ में आऊंगा विद उपकरण के साथ में और एक बार इसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और इन्हीं पंडित जी को ले कर आऊँगा और हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी दो चार घंटे का वीडियो बनेगा वो काफ़ी क्योंकि ढूंढना पड़ेगा हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे लग रहा है अवशेषों से कि हाँ मेरे ज़रूर न कुछ कुछ तो मिलेगा और मिलेगा तो मेरा दोस्तों आपको मिलेगा ज़रूर वो तो घर बात छोड़ कर ही गए थे, मर थे, वो थे। तो इतने सारे मर्दबांड यार यहाँ पे मेरे को लग रहा है क्या करते थे वो इतने सारे जो हाँ। इतनी सारी ये यहाँ पे था क्या यार इसी चीज़ पूरी जगह पे यही पड़े है यार ओहो पूरी जगह पर मतलब ये मिट्टी के बर्तन थे यार वाकई इसमें क्या काम सच में यार ये ये बात तो सत्य है की वो लोग सच में यहाँ पे जो है शायद पानी वानी नहीं। पानी भर जाता था ना पानी भर के ले जाते थे दोस्तों इसी बावड़ी में तो ये जो सारी मर्द मल... उनकी डिजाइन भी एक जैसी है बिल्कुल पूरी ये देख सकते हैं आप ये धारी दार ये डिजाइन आप देखो मैंने मिला दी पूरी डिजाइन है वाह यार देखते हैं उस गांव में चलते हैं हमें कुछ मिलता है तो चलो चलते हैं दोस्तों वो यार पंडित जी मजा आ गया इस गाँव में ये बहुत ही प्राचीन जगह यानी कि उस जगह उस जमाने में आ गया जब कोई था यहाँ लेकिन एक बात है ये बहुत प्यारी जगह है यार यहाँ पर वीडियो बनाना केवल बरसात के, के दिन में लगता है एक मिनट देना ये क्या मिला हाँ लोगों देखो पे तो जो, जो पत्थर में तो वजन नहीं, नहीं। देखो ये है देखो आप इस तरह की जो ईटें और वो वाली ईट मिली है जो पहले मैंने डिजाइन बताई में आपने देखा होगा ये वाली ईटें बनाते थे ये लोग वो यार। वो नहीं ये जो पानी बैठा होगा तो उसमें वाकई सिक्के विक्के मिलते होंगे किसी को पर भी है ये मर्दबान के उसे। में जा रहा ना ये पानी वाला इधर से पूरा अगर ये ये बाव नहीं जाता तो उस साइड में बावली बच जाती नील गाय देख लो यार जाके। नील गाय हमको देखकर समकर रही, तो देख रही है देख रही है। देख रही है है है देखो किस तरीके से देख यार यार एक बात नील गाय कर भी कर देती है बहुत सुनहरा जंगल है यार गांव तो बहुत ही प्यारा है पे हाँ। वास्तव में ये गांव बहुत ये गांव के समय के साथ में सब डस गए जी हाँ, करने के साथ कहेंगे आपको नील गाय पास में जाकर नील गाय बिल्कुल हमें दिख रही है ओ यार एक बार यहां पे एक फोटो लेना बहुत फोटो तो को वीडियो बंद करूंगा वीडियो बंद कर दो फिर वापस ऑन कर देना और ये तो तो तो आप जो वो गांव तो भाई लोगों अब वो जो गांव है वो जो कांगसो का गांव था बावड़ी तुमने आपको दिखाई वो तो लगभग खत्म हो चुकी है वो उनका पूरा कैसे वाला बैकग्राउंड आपको बता दें और अब बिल्कुल हम इतने भयंकर जंगल में आ चुके हैं चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और मैं कैमरा मैन से बोलूँगा कि भाई एक बार बिल्कुल स्लो स्पीड में एकदम स्लो स्पीड में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे तो जो है कोई भी नहीं है आदमी आसपास पास क्या बोल जो है ट्रैक्टर वाला इधर पत्थर बर रहा उसकी मदद से जो है हम आ रहे हैं यहाँ पर चल रहे हैं और उस गाँव में वो वहाँ पर ही है ना मुझे टाइप दिख रहा है उस वो जो वहाँ पे कभी घर रहा करते थे उन कांगसों के और वो उस बाउडी से पानी भर के लाते थे तो दोस्तों किसी भी कांगस मिणा ने या कोई भी मिणा उन्हें ये जगह नहीं देखी होगी और न YouTube पे या किसी सोशल मीडिया पे ये वीडियो आया होगा ये मेरी गारंटी है और ये काफ़ी ज़्यादा वॉन्टेड पहले से यहाँ की डरावना पहले से यहाँ पर कोई भी आ नहीं सकता तो भाई लोगों आप वीडियो में पूरा पूरा देखें। और कितना नजारा यार ये यारा होगा गांव होता होगा सब क्या होता होगा पे पे एकदम ऐसी जगह रहते थे वो लोग यार।, इतना यार इतनी सुंदर कहीं नहीं जगह मिलती कहीं देखने को नहीं मिलती भाई तू बीच बीच में फोटो भी ले लिया है आपको बता दे कि जो पुराने ज़माने में भाई लोगों जो घर बनते थे ना तो पक्के मकान नहीं बनते थे वो लोग जो मिट्टी से बनाते थे मिट्टी और पत्थरों से और जो ये आप मिट्टी देख रहे हो ना ये वही मिट्टी है काली मिट्टी कुछ लोग बर्तन बनाते थे और यहाँ पे जो वही मर्द भांड के अवशेस मिल रहे हैं आपको आपको ये देख सकते हैं आप ये पूरे वही मर्द है ये देख सकते हैं आप और ये मिट्टी के अवशेस आप ये देखो ये देखो ये मिट्टी है ये देखो सर शायद इसमें खाना पकाते थे ये काले वाली मिट्टी है ये काला मृदभांड है और यार ये, में यार ये देखो यार सच में ये मिट्टी के उसे मतलब कितनी प्यारी जगह पे रहते थे वो लोग यार तो दोस्तों अब हम उस गांव में आ ही गए जो काफी सदियों पुराना है वो जो वीरान तो हो गया जो हो गया लेकिन वो लुप्त ही हो गया इसको आज एम आर वीडियो बनाने आ चुका आप देख सकते हैं, ये पूरे के के ये के मकान के है ये मकान ढसे तो पंडित जी हाँ। ये जो मिट्टी है यहाँ से मिट्टी कहाँ से आएगी ये मकानों के उसे हाँ। ये साइड दीवारे हैं ये वाकई दीवार ये मिट्टी के घर बनाए थे उन्होंने ये मकान है फिर ठीक है वो ये देखो दोस्तों आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं ये डिजाइन अलग इसकी डिजाइन डिजाइन देख लो आप ये देख लो और हम देखो पंडित जी कुछ सर्च करने की कोशिश करो हमें हाँ, उसमें रहते थे वो, ये थी मतलब भाई हाँ। कैमरा मैन एक बार बिलकुल सलो मौसम में बता इधर से देखो इधर भी पहाड़ी इधर भी पहाड़ी और ये पहाड़ी तो भाई लोगो हाँ यार ओसम कितनी भयंकर जगह यार ओ शाह मजा आ गया यार पंडित जी एक दिल कुछ कर दिया आपने यार बहुत खान मतलब ऐसा जगह तो मैं झालावाड़ में भी देखे आया था दोस्तों मऊ के महल का वीडियो बताया था लेकिन यार वो भी फीका है इसके आगे ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो बैकग्राउंड आप देखो कितना अच्छा लग रहा है इधर अरे ये रहते कैसी जगह पे होंगे ये यहाँ पर गाँव था और इधर भी पहाड़ी है उधर भी पहाड़ी है चारों तरफ से पहाड़ी से गिरा हुआ है केवल सामने से जो दरवाजा टाइप है ये देख सकते हैं आप भाई कैमरामैन चारों तरफ मेरी तरफ से एक बार दिखा यार, कितना शानदार चीज़ें यार कितनी बढ़िया प्यारी जगह है यार ऐसी जगह तो मैंने शायद ही जिंदगी में देखी होगी और कोई गांव इस जगह पे बसा हुआ होगा क्या चारों तरफ पहाड़ी थोड़ा ऊपर करके पहाड़ी देख करके देख सकते हैं यार चारों तरफ से थ्री डिग्री का रोटेट करके हमको बताया आपने आपको और इतनी शानदार जगह जो है दिख रही है इतने घने जंगल के अंदर ये गांव बसता था पहले और वो लोग यहाँ पे रहते थे वो जो कांग रहते थे यहाँ पे यार बहुत ही गजब की पंडित जी यार अभी तो वीरान हो गया सारा फूट गया लेकिन यार पंडित जी आपने कभी घर बने हुए देखे थे क्या आपने सभी बरस पुरानी लेकिन जैसा की पंडित जी बता रहे की यहाँ पर जो थोड़ा खंडर साइड देखे थे, खंडर, खंडर थे। खंडर थोड़ा -थोड़ा तो चुनी हुई होगी तो दोस्तों ये बता रहे की भाई जमीन लेवल की दीवारें थी लेकिन अब तो वो भी बिल्कुल प्लेन हो गए आप कितने साल बाद में यहाँ दोबारा आए बहुत साल हो गए लगभग बचपन में आए हुए लगभग तीस एक साल तो हो ही गए होंगे बेड़ बकरी आते थे बेड़ बकरी चलाने आते थे, थे ये लोग तो ये बता रहे हैं दोस्तों इन्होंने थोड़ी थोड़ी दीवारें हो रही बताई यहाँ पे आज की तारीख में तो वो दीवारें भी नष्ट हो गई कुछ भी नहीं है क्या बोले ये मर्दबांड और कितने डिजाइनदार मर्द है ये क्या होगा पंडित जी आपके साथ क्या चीज़ मेरे को लग रहा है कुछ ढक्कन हो गई ढक्कन था ढक्कन ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं ढक्कन था यार पानी की पानी का ढक्कन था और सब बनाने वाला तो शायद खत्म हो गया हो गया यार उसको प्रकृति क्या चीज़ है यार जो आता वो चला गया यार यार ये देखो देखो ओहो पंडित जी इधर इतने इतने बड़े बड़े इतने मोटे ड भी थे देखो आप देख सकते हैं ये, रोटी पकाने की। देखो, ये क्या है मौसम यार पंडित जी देखो मुझे ये और मिल गया सारे ये वाले मिल रहे हैं यार ये क्या चीजें ये डक्कन डकपन किसी के डक्कन डक्कन यार यार यार पानी पीने तो यार। वाकई यार। का तो ये वो पेड़ है पुराने वाला उस टाइम तो का ये ये वो भाई यार दिल खुश हो गया कुछ भी बोलो यार खतरनाक खतरनाक करते हुए यार अब, आप तो में में अब आपको समझ में आ ही गया होगा की जैसा आप देख रहे हो ये झंडे जैसे आपको पंडित जी बता रहे थे यहाँ पे अभी थोड़ी थोड़ी थोड़ी, थोड़ी दीवारें थी तो भाई लोगो ये ये जो क्या ये भी देखो कोई वगैरह उखालने की कोशिश कर रहे हैं लोग तो यार भाई लोगों ये ये ये आपको आपको, पत्थर दिख रहे हैं, तो खटा दिख, रहे हैं, इन्होंने करके पहले को मकान बना वो नहीं और यार पंडित इधर आके आकर पत्थरदार कुछ आप बताओ कैमरे पे खड़े हो तो भाई लगू देखो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कुछ निकलेगा निकलेगा क्या कोई मर्द भांड है मैं कोशिश कर रहा हूं उसको खोदने की तो पंडित जी एक मिनट इसे खोद देते हैं यार अरे यार खुदाई ही नहीं वो टूट गया ए भगवा ये, ये मर्द भांड था कैसे लगा हुआ था यूँ यूँ उसकी डिजाइन भी इधर नीचे डिजाइन इधर थी आ, पूरा पूरा पूरा ये है ये ये प्यारी इसकी है है है पूरी पूरी पूरी इसको निकालो बाहर हुआ यार यार वो डिजाइन मेरे को लग रहा होगा पूरा इस, पूरा इसमें कुछ भरा हुआ भी है यार मिट्टी मिट्टी समय के साथ जो है भाई लोगों यार प्रकृति सबको नष्ट कर देती है और सब कुछ करवा देती है तो यार मैं जब ऐसी वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि यार देखो हमारा जीवन बहुत सीमित है अब जो ऐसे भारी लोग थे जो मतलब दस दस जनों को एक आदमी खत्म कर देता था तो वो भी नष्ट हो चुके निकालो पूरा पूरा तोड़मत भाई लोगों ऐसी कोई चीज़ है यहाँ पर पूरा बर्तन था ये ये पूरा बर्तन था और इसके डिजाइन देखने की देखो आप यहाँ पे खोदने के लाए कुछ भी नहीं लाए खोदने के लिए भाई लोगों इससे खोदना पड़ेगा देखो ये यार ये बहुत बारीक बर्तन भी थे देखो छोटे वाले छोटे वाले बर्तन भी थे ज्यादातर हमें ढक्कन मिले हैं और ये बड़ा कुल्लड़ आप देख सकते हैं इतना बड़ा इतने बड़े बड़े भांडे होंगे इनके और वो लोग रहते थे यहाँ पे दोस्तों और ये जो कांगसू का गाँव बोलते हैं इसको बहुत पुराना बहुत बलशाली थे वो लोग जो आज भाई एक बार दिखा इस तमाम घर थे पूरे जहां पे आपको डे टाइप दिख रहे हैं या आंगन थे घर थे पेड़ हुआ करते थे लोग खेलते थे चौपर खेलते थे है क्या कुछ स्टैंड है hmm. हां हो सकता है इस बर्तन में कुछ हो हां अंदर हो ना तो ये पूरा बर्तन ही है ये hmm. तो देखो पुराने मिट्टी भाई भाई लोगों लोगों ये ये ये ये मिट्टी है है मिट्टी है है है है वाली बर्तन बर्तन कुछ देखो तक आ रहा ठीक रहे नहीं नहीं रही अंदर यार, यार। ये तमाम करते भाई ये ये जो आपको टाइप दिख रहे है। इस तरह से हो देखो आप, आपको बता देता हूँ एक बार टूर्नामेंट बोलूंगा देखो ये वीडियो के ढंग से देखो आप ये भाई चंद्राम थोड़ा पीछे जाओ आप, आप देखो ये तो पंडित जी देखो ये आ रही है ना ये दीवार वाकई सही बोल रहे इतना इतना चुना हुआ देखा था तो आज ये इतना ही रह गया ये ये तमाम तमाम पे पे जो जितने भी पड़े हैं तमाम पे यार एक पत्थर पड़ा हुआ बड़ा चलते पे क्या चीज़ है यहाँ पर कई तरह के पत्थर मिल रहे हैं ये ये देखो इधर भाई में ये थी। ये थी। आप देख आप सकते हैं देखो देखो इतनी बड़ी ईंट थी आज की कैसी होती है पहले वाली कैसी होती है आप देख सकते हैं ये वाली ईंट यहाँ लगी हुई थी माय यार यार पूरा का पूरा का गांव है कैसे और तो देखो यहाँ पे और तो और गांव तो होगा जो होगा यार ये सीन कितना है है यार यार ये ये यार ये ये ये कितनी कितनी खुश रहते होंगे होंगे लोग पे पे जगह अपन आनंद आ रहा देखो आप सारे फोड़ दिए अगर सरकार को लगे तो इस को बा एक बात है पंडित जी अगर आपने यहाँ मेटल डिटेक्टर लेके आए ना हाँ। कुछ मिले जरूर।, जरूर क्योंकि वो पुराने ज़माने जो जो सोने और चांदी सिक्के तो कोई एक पुरानी तो या नहीं मिलता है पर हो सकता है औरत और आदमी दोनों को उसमें गिरा करके मारा और दबा दिया उनको उसी वाले लोगों इस जो बावड़ी दिखाई थी हमने तो वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि जब वो वहाँ पे जल पूजा करते हैं मतलब जो कांग्रेस जाति के जो लोग होते हैं वो पूरे जो कहीं के भी हो वो इसी बावड़ी में आकर के वो जो जल पूजा करते थे और जब वो पूजा कर रहे थे आदमी और औरत दोनों उसी समय वो जो आपने मैंने बताया आपको कि भाई कोई ढोली था तो वो ढोली आपको सबको पता है ब्याह में आता है और हमारा फिक्स बनता रहता तो हम विश्वास करते तो वो लोग जो उस पर विश्वास करते थे और जब वो पूजा कर रहे थे तो ऐसा बताते हैं कि वो जो औरत और आदमी दोनों को धोखे से मरवा दिया और उनको उसी समय जो पत्थरों से और मिट्टी से और उस बावड़ी में दबवा करके और बाद में उसके ऊपर आरसीसी करवा दी गई सर ये ये घटना है तो इसका मतलब उनका जो जो औरतों ने जो चांदी सोने के आपको पता है दोस्तों अभी अभी आप कौन सी समाज से हो उसका मुझे मालूम नहीं है लेकिन दोस्तों मैं हूँ मीणा समाज से और मैं कांगस धाती से ही हूँ खुद मेरा गोत्र कांगस है तो दोस्तों हमारे समाज की आप एक कासियत बता दें भाई कैमरा इसको थोड़ा फिक्स कर ताकि वीडियो एकदम सेटल्ड बने पीछे वाला और पोज आना चाहिए तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि दोस्तों हमारी जो दो मीना कास्ट में क्या होता है कि औरतें पाँच पाँच छः छः किलो चांदी और मतलब कम से कम दस बीस तोला सोना पहनती थी मतलब पुरानी औरतें और आज भी पहनती हैं जो आप देखना नोटिस करना हमारी साइड में जो जयपुर साइड में जयपुर सवाईमाधोपुर साइड में आप देखेंगे इतने मोटे मोटे ढाई ढाई तीन तीन किलो की जो चांदी के कड़े जो पैरों में पहनते हैं हाथों में जो आधा आधा एक किलो के कड़े यहाँ पे बड़े यहाँ पे खुंगाली यहाँ पे जो है कनकती और और भी कुछ पहनते होंगे बहुत सारे गहने आपने राजस्थान के जो वेशभूषा और सृंगार में देखा होगा आभूषणों में तो कई तरह के जो आभूषण वो पहनते थे तो ऐसा कहते हैं कि वो पूरे औरत और आदमी उसी बाउडी में दफन कर दिए बताए तो अगर पुरातत्व विभाग यहाँ की जो अगर खुदवाई करती है तो वाकई यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ प्राचीन अवशिश मिलेंगी और ये जो चीजें दोस्तों मैंने वीडियो में मैं सुनी सुनाई बातें बोल रहा हूँ कोई ऑथेंटिक थकते तो नहीं है लेकिन हमारे साथ में जो पंडित जी है जो यहाँकिस्तानी निवासी है और इनके जो दादा परदादा तो उन्होंने जो घटना इनको इनको बताई उन्होंने उनको बताई उनको उन्होंने बताई उस अकॉर्डिंग जो है हमने आपको बताई लेकिन कुछ भी बोलो यार दोस्तों हमें तो इतना आनंद आ रहा है कि ये जगह एक बार कैमरा साहब पूरा चारों तरफ से जंगल है और हम खड़े उस जगह पर जो है गाँव था और इधर चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है और कितनी प्यारी जगह है यार यहाँ पे तो ऐसे आदमी जो है डर तो नहीं लग रहा यार इस जगह पर मुझे लग रहा है यहाँ पे साइड पॉजिटिव एनर्जी है यार चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ और ये साइड गांव वहाँ तक था दोस्तों हाँ वहाँ तक था ये देख सकते हो वहाँ इधर आई ये तमाम दीवारें हैं थे, देखो वो दीवार बन गई पे तो तो ये मेरे पास हाँ ये है हमें। ईटे और यहाँ पे जो काले मर्दभा मिले हैं लाल काले आपने दो देखा हो गुप्त काल के भी हैं लेकिन गुप्त काल तो कह नहीं सकता लेकिन ये तो मुझे यार बनावट से तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ज़्यादा पुराने ये लगभग अरे बहुत पुराने होंगे लेकिन यार बनावट ऐसी लग रही है जैसे थोड़े दिनों पहले ही होंगे लेकिन यार ये ईटे तो अभी की नहीं है जो आप ईंट देख रहे हो जाने जाने कौन से से तालाब की मिट्टी से बनाया होगा ये ये क्या है है यार देखो संरचना भी कोई मर्द मिट्टी का वो टावा का होगा ये पूरे वो भगवान यहाँ तो बहुत सारे पंडित जी देखो तो सही ये पूरा गढ़ा हुआ इधर आओ ये कुछ दीपक होगा देखो देखो दीपक देखो ये देखो वो सम यार दीपक था ये देखो ऐसा दीपक क्यों था ना ये देखो पीछे से या आगे से बहुत सम यार बहुत पुराना है हां बहुत पुराना है बहुत सम यार ये देखो ये कितने सारे अवशेष मर्तबान दे हैं वो गजब ये ये ये ये ये ये ये ये देखो देखो देखो देखो और ये चुनरी ये दिवाली है है है पूरी आ, देखो। ये ये देखो। ये पूरी इनकी यार मजा काफी गजब की मुझे लग रहा है पंडित जो, जो जो मेरे को लग रहा, देखो, देखो। लग रहा है देखो देखो सर आप है ना मेरे पीछे आइए देखो दोस्तों घर दे। सा हाँ, सा, के सामने की जो पहाड़ी है जब बारिश में कैसा पानी आता होगा यहाँ पे इस पहाड़ी होगा कुछ जो पानी का स्रोत था इन सब पीने का वहाँ पे बाउडी थी और आपको बता दें देखो इसकी बनावट कैसी है आप कोई भी जो इतिहास से रिलेटेड बंदा है देखो मेरी इतिहास में काफ़ी रुचि है दोस्तों वैसे तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ लेकिन मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है इतिहास में मैं कल्पना करता हूँ यार वो लोग कैसे रहते होंगे वो कैसे पानी पीते होंगे क्या खाते होंगे मेरे की इच्छा है कि मैं भी देखता हूँ उन लोगों को मेरी इतनी सी ख्वाहिहश है लेकिन शायद मेरी क्या तो पूरी होती नहीं दोस्तों मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ लेकिन आपको बता दें आपने इतिहास में पढ़ा होगा अड़प्पा और मोजोदड़ों में भी देखा होगा कि जो जो भी वहाँ पर उसे मिले तो आपको बता दें भाई थोड़ा सा किसको जो कैमरे को रोकना मतलब मौसम मत लेना थी वहाँ पे जो आपने पढ़ा होगा या मोहन जोधाड़ा आपने फिल्म देखी उसमें देखना कहीं पर अर भी आप किताबों में पढ़ लेना वहाँ पे जो बनावट थी वो एक तो होता था, था दुर्ग की तरह मतलब यानी जो दुर्ग टाइप में ऊंचा स्थान पे तो रहते थे बड़े तो तो लोग और नीचे स्थान पे रहते थे आम लोग साधारण लोग तो जो इस जगह पर जहाँ पे कैमरा सब खड़े हैं आप एक बार नीचे नीचे का का का वीडियो लेकर के और और और और इस इस जगह जगह जगह जगह दिखाना दिखाना वो वो सामने तो तो पे पे जो जो बड़े लोग लोग रहते रहते थे वाली है है आम होंगे क्यों क्यों क्योंकि इसकी से मुझे ऐसा ही लग रहा ये हर मिलता बता दिए आप देखो अब दोस्तों आपको बता दें मेरे सामने का जो पौध दिख रहा कर दो इसको, दिखाओ ये, ये नीचे वाला दिखना है और जो नीचे का जो ये दिख रहा आपको ये तमाम जो मर्द भांड इधर के आपको बता दे मुझे एक चीज देखने को मिली इधर हम आए तो आपको सर्च करके बता दे तो जो इधर के जो मर्द भांड है दोस्तों तो इधर के जो मर्द भांड है वो मोटी मिट्टी के पत, देखो पेखो स्टैंडर्ड देखो दोस्तों आप उनको पता है जो गरीब आदमी है वो हल्की चीज़ लेके आता है और जो अमीर लोग होता है मज़बूत चीज़ लेके आता है तो यहाँ के जो मर्दबांड आप देख सकते हो तो इतने मोटे मोटे मर्दबांड थे जो उधर से हमने कलेक्ट किए भाई जो मत करना उसको है ना जो जो मोटे मोटे होते थे वो जो पतले उधर हमें मिले मर्द बहुत पतले पतले मर्द मिले थे ठीक है इसका मतलब वो लोग आम लोग थे और गरीब लोग रहा रहते होंगे इस वजह से वो वैसे मर्द यूज़ करते होंगे बोल ये लोग काफ़ी संपन्न होंगे यहाँ पे जो भी घर होंगे यहाँ इस जगह पे भाई तेरे पीछे का भी ले लेने ये बताए कि सागोर और ये बिल्कुल ये देखो आपको इधर है ओपन दिखिए आपको बता दे भाई बाकी ये देखो उसे ये वाला। आपको बता सकता हैं ये देखो ये चिनाई वाला देखो भाई इधर कैमरा मैन साहब ये देखो ये ये चिनाई देखो दोस्तों ये दीवार दिख रही होगी आपको वो देखो ये चिनाई बिल्कुल साफ आ रही नज़र भाई लोग ये देखो ये दीवार तो शायद यहाँ पे जो लोग रहते थे ना दोस्तों वो लोग तो यार मैं तो वीडियो बना करके थक ही गया तो भाई लोगों को देखो यहाँ के यहाँ के जो मर्द थे वो काले मर्द भांड है मतलब आपको पता है काले जो मर्द होते हैं यहाँ के तालाब तो के इसमें काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी रहता है और आज भी क्योंकि पंडित जी बैठो थे मैं आपको इस, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ भाई थोड़ा पीछे जाके मेरे पीछे का पोज आना चाहिए मतलब थोड़ा सा मैं कैमरा मैन से बोलूँगा थोड़ा सा आप बेक हो जाओ ज़रा सा तो हमने आपको इसी वीडियो में अब चाहो तो आप सामने का बता दो कि भाई हम इतने घने जंगल में आ गए भाई लोगों देखो आपको आपको रिस्क ले करके कितनी जगह दूर आ चुके जिसका कोई पता पता नहीं काफ़ी दूर है वो दोस्तों गांव जो दिख रहे हैं बहुत दूर है हम बिल्कुल पहाड़ी के बीचों बीच आ चुके हैं और समय के साथ इस पहाड़ी को भी जो पत्थर उपाड़ने वाले खा चुके हैं जाने की पहाड़ी होगी जब तो आपको बता दें जो जो दीवार दिखी है ऐसा ये, ये पत्थर जब चुना होगा जब इसको बनाया होगा गया तो पंडित जी दीवार ऐसी बोल रही है दीवार ये पूरी की पूरी एक घर की दीवार है और इसको किसी ने चुनाया होगा किसी का घर रहा होगा कोई रहता होगा इसमें पानी पीता होगा सोता होगा रहता होगा और दोस्तों हमें जो मर्द मिले यहाँ पे काफ़ी मोटे बर्तन वाले मर्द है तो इसका मतलब ये जायस एक बात है यहाँ पर संपन्न लोग थे और ये ऊँचाई पर है तो हाँ ऊँचाई ऊंचाई पर है जो नीचे हमने मर्दबाँड देखे थे वो छोटे छोटे थे और वो दूसरे मिट्टी के थे और यहाँ पे जो मर्दांड मिल रहे हैं हमें काली मिट्टी के मिल रहे हैं तो जो दोस्तों काली मिट्टी के जो मर्दांड होते हैं वो महंगे मिलते हैं आज भी रामपुर के मटके फेमस राजस्थान जी के पड़े होते तो आपने तो वो महंगे मिलते हैं बजाय साधारण मटकी के तो ये ऐसा ही पुराने जमाने में रहा होगा तो पुराने जमाने में भी देखो दोस्तों गरीब लोग रहते थे और अमीर लोग भी रहते थे दोनों टाइप के साहूकार भी रहते थे तो आम लोग भी रहते थे तो जो ये मेरे को लग रहा है जो पत्थरों की चिनाई वाले घर है ये वाकई अमीरों को ही घर थे और जो नीचे जो रिहायशी इलाका था हमने मिट्टी दिखाई थी वो मिट्टी वाले घर आम जुग जो जैसे रहते हैं गरीब तबके के लोग वो यानी आम पब्लिक वहाँ रहती होगी जो दादा या बॉस रहता होगा यहाँ का जो राजा मतलब जो कांगसों में से भी जो कोई मेन जो आदमी जो पटेल जो होता है वो शायद उसके घर रहा वो हो, रहे होंगे तो बिल्कुल भाई तू उधर से बता दे वो रिहायशी इलाका था और जो मैं बैठा हूँ ये अमीरों का इलाका था और जो ये जो आपको दिख रहा है चौक टाइप का वो यहाँ से लेकर के बाउली तक का स्थान वहाँ पे जो नीचे वाले लोग रहते थे मतलब आम लोग रहते थे अब दोस्तों समय के साथ है ये जो पहाड़ी भी मतलब काट काट करके पत्थरों वाले ने ले गए और ये जो घर थे ये भी खंडर बन चुके और आज हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं और ये जिज्ञासा थी मेरी कि यार एक कांग्रेस गोत्र का मीणा होने के नाते तो भाई लोगों जो भी मीणा बंधु मेरे ये जो वीडियो देख रहा तो एक बार लाइक कर देना और जो कांग्रेस गोत्र के जो मीणा हो चाहे कहीं भी रहते हो वो झालावाड़ बारा अजमेर कोटा तो यार एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो ये हमारा मूल ओरिजिन स्थान है जहाँ पर और इसी जगह से हमारा जो ये लास्ट गोत्र था इसके ऐसी किदवंती है कि कोई एक महिला थी कांगसों में से यानी कि उस बावरी में क्यों पंडित जी तो सभी को मार दिया था और जब सभी को मार दिया था तो उनमें से कोई एक ऐसी लेडीज थी जो दो जीवा थी मतलब यानी कि वो प्रेग्नेंट थी और वो उसके मायकी थी मतलब जाने कहाँ पे थी तो उस वजह से यानी कि उस एक महिला की जो लड़का हुआ और उसी लड़के से जो बाकी जो बाकी जो कांगस की जो जनरेशन चली मतलब उसका जो वंश चला जो उसकी हेरिटी चली वो उसी की दौलत है चाहे वो कांगस कहीं भी रहते हो चाहे अजमेर कोटा बूंदी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी रहते हो लेकिन उसका जो मूल जो ओरिजिनल स्थान है दोस्तों वो यही है जहाँ पर मैं बैठा हूँ और इसकी जो मेरे को वीडियो बनाने की काफ़ी इच्छा थी वीडियो तो खैर दूर की बात है लेकिन मेरी देखने की काफ़ी इच्छा थी लेकिन इच्छा ये भी है कि भाई यार मेरे देखने के साथ साथ मैं आपको भी दिखा दूँ और दोस्तों मुझे वाकई इस जगह पर काफ़ी मज़ा आया और इतना मज़ा तो शायद मुझे जो है जम्मू कश्मीर में भी नहीं आया वो इतना गजब का मज़ा आया अब दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आप आपके लिए और उस दिन मैं एक मेटल डिटेक्टर लेके आऊंगा लगभग बीस बाईस हज़ार वाला उससे मैं सर्च करूंगा अगर मुझे कुछ अवशेष मिल जाते हैं कुछ धातु के मतलब चाहे वो लोहे का हो चाहे वो तांबे का हो चाहे कुछ भी हो तो कोशिश करूंगा अपन यहाँ पे देखेंगे कि यार कुछ मिलता है तो। लेकिन लेकिन वो मुझे लग रहा है यार वो तो काफ़ी जब ये दीवारें ढस गई हाँ। तो हमें मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा खुदाई भी हम कर नहीं सकते क्योंकि टोटल पत्थर है टोटल पत्थर है। है तो क्योंकि यार इतने हमारे हमारे पास पास संसाधन नहीं है और इतना खर्चा की बोल रहे कि वाकई यहाँ पे जो है अकेले वीडियो ऐसा तो थोड़ा सा भाई पोस्ट कर देना मतलब जब आपका कॉल आई तो उसको स्विच ऑफ कर देना क्योंकि उसमें भी आ जाएगा क्योंकि वीडियो तो आज हम यहाँ पे आए और ये दोस्तों मेरा गांव के पास में ये स्थान था और हमारे जो पुरखे थे हमारे दादा दादी ये कहा करते थे कि भाई यहाँ पर वो लोग जल पूजा करते थे और जब वो जल पूजा कर रहे थे जो कांगस गोत्र की जो मीना तो उस समय क्या हुआ कि एक ढोली ने जो धोखे से सारे कांगसों को मरवा दिया और उसी बावड़ी में दफनवा दिया जिस बावड़ी का हमने भिड़ते ही जो है वीडियो बनाया था तो दोस्तों ये जो आज का वीडियो था मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है और आप भी जितना कि देख रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और शायद मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों और अब यार उस समय को तो मैं पकड़ के ला नहीं सकता क्यों पंडित भाई समय तो देखो किसी का सगा नहीं होता है लेकिन यार दोस्तों मैं आपसे यही अपील करूँगा कि देखो आज मैं हूँ भाई साहब हैं और जो कैमरा मैन है हम वीडियो बना रहे लाख आप भी और सब कुछ हो प्रकृति है नष्ट होती है बनती है बिगड़ती है बनती और बिगड़ती है लेकिन ये इतिहास बन जाती है दोस्तों ये जो मृदबांड है ना इनको देखोगे ना आप आंखों से ये चीख चीख करके पुकार रहे हैं कि यार वो जमाना वापस आ जाए यार कुछ पल्ब के लिए आ जाए और मेरी भी इतनी ख़तरनाक इच्छा है कि मैं भी देखता उन लोगों को कि वो कैसे रहते थे कैसे पूजा करते थे लेकिन यार दोस्तों उस समय को तो मैं पकड़ के ला नहीं सकता लेकिन मैं सिर्फ एक कल्पना कर सकता हूँ एक इतिहास का विद्यार्थी होने उन्हें नाते तो हमारे पास इससे ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं और ये जो आपको बता सकते हैं कि ये जो दीवार दीवार भी ये बोल रही है कि यार हमें बनाने वाला कहीं है क्या क्यों पंडित जी देखो ये तो पत्थर जम रहे हैं <coughs> किसने जमाया होगा ये पत्थर पहली बार और आज भी जमा हुआ है। शायद वो किसके हाथ लगे होंगे इस पत्थर को जो यहाँ पे रखा है इसको? जरा सोचो आप। पूरी इतनी बड़ी दीवार थी काफी पुरानी वहाँ तक पूरी तमाम दीवारें थी यहाँ तक क्योंकि जी वहाँ तक काफी होगा पहाड़ी भी तो नीचे आई होगी पत्थर भी गिरे होंगे और अब यहाँ वीरान हो चुका कुछ भी नहीं है लेकिन पंडित जी अगर यहाँ नाइट को आ जाए तो तो अगर मतलब दो चार आदमी आए तो बनाए तो फी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते तो लेकिन वो होना चाहिए मतलब यहाँ पे फील करके देखते लेकिन यार मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है अगर यहाँ डर लगता तो मतलब उस बावड़ी में तो थोड़ा कुछ गड़बड़ लगा मुझे लेकिन इस जगह पे मतलब पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब हमें थोड़ा सुकून मिल रहा है इस जगह पर बैठने से हो सकता है इस पहाड़ी की वजह से लेकिन ये पहाड़ी के सीन इतना प्यारा है तो भाई लोगों जो आज का जो वीडियो था वो आपको कैसा लगा यहाँ पर जो तमाम मर्द आप सर्च करोगे तो बिल्कुल ये सारे तमाम मर्द के अवशेष मिल रहे हैं और थोड़ा बहुत कुछ मिलता है देखो आप ये ईटों के अवशेस हैं ये मर्द मिल रहे हैं अब इनके सिवा में कुछ और मिल रहा है ये भी दीवार थी देखो पंडित जी ये इसे झाड़ उग चुके हैं इधर से बता सकता है कैमरा ये ये देखो देखो देखो है ना बिल्कुल ये देखो ये दीवार जा रही है वो वहाँ तक देखो बिल्कुल साफ नजर आ रही है दीवार है ये देखो ये बिल्कुल नींव भर रही है और जो ये सबसे जो और जो ये ये ये जो जो जो सबसे मेन मेन देखो देखो यार इधर आओ पंडित जी कोई टाइप भाई कैमरा में नहीं बता ये कोई टाइप था आज भी बना हुआ ये देखो ये पुराने कोई कच्चा बनाया हुआ तो यार ये ये ये मकान तो तक है भाई। तो दसाले। दसाले। अरे। ये है भाई आओ घर देखो इतना हाँ। बड़ा इलाका था यार ये तो काफी मतलब लगभग इसमें 40-50 सौ डेढ़ सौ घर यार यहाँ पे तो सौ डेढ़ सौ तो नहीं होंगे लेकिन होंगे ही सही पचास साठ सौ वगैरह ये ये ये देखो आज भी चिंगार करके बोल रही है ये देखो सारी सिर्फ ये ही है उसे देखो ये सारी तमाम वो, वो यार दोस्त यहाँ तो वाकई है ना ये देखो ये भी घर था वो वहाँ ये घर बना हुआ बना हुआ नहीं, नहीं।, नहीं। इधर देखो देखते हैं कुछ और मिलता है तो मिलता। आओ देखो इतनी बड़ी-बड़ी पे पे यार यार यार यार यार बहुत मस्त वाली इनके पास यार। यार पंडित जी वो वो वो और तक बन रहे घर घर तो तो तो इधर आओ सही आप तो हैं हैं तो काफी बड़ा गांव भाई पूरी पूरी की यार। वो देखो वो बना हुआ एक मिनट थोड़ा सावधानी से आना ये तो घर तक है भाई देखो। नहीं नहीं नहीं। वहां चलते हैं ये सुना हुआ इसमें देखो है इसमें खोद के देखते हैं इसमें मिट्टी निकलती है क्या निकलता है है चीज मिली देखो भाई उस जमाने की लोहे की लोग इक्कीसी बची है भाई देखो भाई देखो लोह की चीज़ उस जमाने का लो है भाई पहली बार धातु मिली है बिना उपकरण के भाई मैं बोल रहा हूँ इसको खोदते हैं पंडित जी क्या पंडित जी यहाँ पे मिली थे उस जगह पे यार वो यार ये देखो मर्जी देखो ये ये बिल्कुल मकान है देखो और वो पत्थर पड़े होंगे यार चुने हुए ये बना रखा था उन्होंने डा हुआ है चुना हुआ ये ओई शु, अरे यार यार मतो इतनी बड़ी ईट इत देखी क्या आपने देखो अरे बाबू तोड़ दिया यार तोड़ो मतो दो यार अपन को तो नहीं तोड़ते तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही ये यार ये भगवान ये क्या था यार दोस्तों ऐसी पंडित जी ऐसी मैंने देखी नहीं यार इतनी ही दोस्तों इतनी ही थी। इतनी चौड़ी चौड़ी चौड़ी देखिए आपने कभी नहीं देखी होगी यार यार इतना चौड़ा क्या बनाया था वो यार साचा भी था इनके देखो साचा तो नहीं था पर लेकिन कुछ था कोई मकान है मकानी हाँ, हो सकता है भाई की टाइल हो सकती है, लेकिन याँ पे याँ देखो, पे देखो देखो बहुत काले ज़्यादा मिल रहे हैं, नहीं मकान तो ये सारे तमाम मकान है यहाँ तक इधर उधर ये देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग वो देखो बड़े-बड़े हो।, हो ये पत्थरों को उन्होंने जमाया था यार बस ये यारे दीवार है बोस यारेट ये नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ये, तो ले ये, ये, ये, ये ये ये मिट्टी मिट्टी मिट्टी मिट्टी है ना नीचे नीचे से से लेके आए हैं वो के नहीं ही सारी की सकती गिर इसलिए फूटे ये ये फूट फूट करके समय के साथ सब वो चीज चीज यार हम देख रहे हैं दोस्तों कोई कोई कोई ऐसी धातु की मिल मिल जाए तो तो जाएगी जाएग जाएग हो सकता है तो, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काले मृदभ जगह जगह तो इसका मतलब ये देखो और मुझे क्या है तो नहीं है क्या प्रयोग था सर इसको देखते हैं हम खोद करते हैं। मेरे को लग रहा जाते है जाते समाधियो जी यहां पे था क्या ऐसा बिल्कुल चुना हुआ है ईटे पड़ी हुई है किसी ने से छेड़ा भी नहीं है क्या किया किसी ने पत्थर लेके देखते दे हैं अपने है क्या ये लफड़ा है देखिए पंडित जी इसको नीचे को रन दे इसको है? देखते हैं क्या है वहां पर भी बहुत औदार है देख ही लो तो इन को तो देखेंगे अच्छे तरीके से कुछ मिले या नहीं <laughs> एक एक निकालो बस प्रोडक्ट की पैरी जगह देखो चारों तरफ का पोज दिखाओ आप यहां से जो आपका गांव वगैरह सब दिखेगा इधर ऊपर साइड से कितनी दूरी है कितनी घनी आबादी होगी यार ना शानदार गांव है ये मेरे को लग रहा है ये कोई समाजी हो गया तो पंडित जी इतनी ईंट कैसे आ गई है यहां पे ये इंटे इनके है लफड़ा क्या ही है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा देखो एक, एक मिनट इसको हटाते हैं ये लफड़ा क्या है यार मेरे को लग रहा है यार ये कोई हो सकता है मेरी कोई समाधि हो या कुछ ना कुछ लफड़ा ही है ये कोई घर का ये तो नहीं है यार हे भगवान ये इतनी बड़ी बड़ी है क्या ये इनका क्या करते थे ये लोग देखो तो पंडित जी आप आओ तो ये पूरी साबुत बचरी इसके अंदर आओ सब देखो ये क्या क्या काम करते थे इनका यार मेरे को ये समझ ये खोलू थे या क्या थे ये ये क्या ये ये ये थी या क्या क्या क्या ये ये ये ये ये सब है है है से से देखो छोटी वाली भी तो टूटे हुए फिर यार मेरे को समझ नहीं आ रहा यार पंडित जी ये ऐसी मैंने पहली बार लाइफ में पहली बार ईटे देखे तो हड़प्पा में मोजोत में नहीं है भाई नहीं देखो ये पूरी वाली इंच निकालते हैं मेरे को लग रहा है ये देखो ओह माय गॉड ऐसी बड़ी बड़ी इंच है ये निकालना चाह रहा था मैं ओह ये देखो दोस्तों क्या करते होंगे यार और इतनी भारी क्या करते ये देखो इसके नीचे है क्या मैं ये देखना चाह रहा था ये कोई है या क्या है इसमें भाई ये तो कोई हो जा रहे हैं तो।, तो, तो, तो हो जा रहा हो सकता है इसे कुछ काटते होंगे पत्थर से बहुत दार दार पत्थर है तो मैं आपको काट देता है यार यार भाई लोग मेरा तो यहाँ से दिमाग गंज च करोड़ है मैं तो ऐसा करता हूँ इसको वापस लगा देता हूँ पर इसके अंदर देखते हैं कुछ निकल जाए तो ये देख ये पत्थर भी जीप टाइप का देखो पंडित जी देखो आप और कुछ मिलता है तो। पत्थर है यार मुझे लग रहा है समाधि थी या क्या ये इसके नीचे कोई आभूषण वगैरह कुछ तो होंगे तो तो कुछ होंगे देखो इतनी इतनी सारी क्या क्या करते करते थे वो लोग यार इतनी करते और किस कितना लेते थे मेरे ये तो समझ में नहीं आ रहा है वाकई यार भाई दिमागंज चक्र हो गया भाई यहाँ तो। लेकिन ये तो पक्का है ये लोहे का उन्होंने यूज़ लोहे ये ज्यादा पुराना तो दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी से तो बाद का का है बाद तो ये लोहा है ना तो ये लोहा उन्हीं का है ये और ये क्या हो सकता है लगभग आपके आईडिया से मेरे को लग रहा कोई कील को हो सकती है कोई ठोक नहीं कोई लकड़ी में कोई हल में या किसी में ठोका होगा तो ये कोई वांगलगाड़ी को तो की बैलगाड़ी क्यों सकती उस ज़माने में जमा गाड़ी गाड़ी प्योर लोअर मैं इसकी मैं ले जाऊँगा इसको ये निशा नहीं है यहाँ की कि वाकई में वहाँ गया था उस कांसू के गांव के मेरे मूल और इतना वाकई यार मेरे को तो ये ईटे चट्टोर करिए कि वाकई इनका करते कहते वो लोग यार पर ये तो काफ़ी बड़ा गाँव है यहाँ तक आ गए अपने इतनी चढ़ाई पर आ गए यार कितना पड़ा देखो एक बार कैमरा मैन साहब कहाँ से स्टार्ट किया था आगे देखो कितनी दूर है यार एक बार रोज़ मेरा वहाँ से फ़ोटो लेना तुम यार इधर का हमारा उधर का फोटो ले लेकर होगा लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत ही रईस घर का होगा यार अभी भी ये चुन रहा है यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर है इतना इकट्ठा हो रहा है इसका मतलब कि सुन ही रहे हो तो भाई लोगों यार यहाँ भटकते हुए हमें दो ढाई घंटे हो गए अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम और आगे ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला केवल एक लोहे का अवशेष मिला है और ये ईतों के अवशेष है मर्दभाडों के अवशेष मिले हैं बावड़ी के अवशेष मिल गए हैं और इन घरों के अवशेष मिल गए हैं और ये जगह थी जो प्राचीन जो कांगस गोत्र के जो मेला थे उनके घर थे ये और हमारे जो भी मेलाओं के जो कांगस जाति के जो लोग हैं वो तमाम समझ जाएगी हमारा जो मूल औरिजिन स्थान है वो यहाँ पर था तो भाई लोग अब भाई को इजाज़त दें क्योंकि यार मैं भी थक गया और हमारे कैमरामैन साहब को भी जो है प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा और हम इनको बड़ी मुश्किल से बुला के लेके आए रामपुर गांव से तो मतलब अब आप हम आपसे इजाज़त मांगते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें राम राम करते हैं हम लोग कि यार इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम मिलते रहेंगे एक बार और दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट है अगर आप कमेंट करते हो दूसरा तो वाकई मेटल डिटेक्टर से साथ में आज हमें लोहा मिला है यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा अंडे जी नहीं आएंगे कोई दूसरे बुज़ुर्ग आदमी को लेके आएंगे कैमरा मैन को भी लेके आएंगे और आपके लिए वापस प्लीज़ वीडियो बनाऊँगा मैं ज़रूर से ज़रूर भी जो भी होगा और मैं देखूँगा कि यहाँ पर उनके कोई मुझे सिक्का मिल जाए या फिर कोई ऐसा कोई हल मिल जाए या कोई बैलगाड़ी का कुछ इकट्ठा मिल जाए या फिर कोई बैलगाड़ी की जो पीले मिल जाए कुछ कुछ तो मिलेगा हमको तो एक बार हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों दोबारा और हम आपसे आपको प्यास लग रहा है यार बेचारा मेहनत कर रहा हूँ हमारे साथ में बहुत धूं में अंधेरा हो चुका है जानवर का खतरा है और आपको दिखा दे इधर कितना डेंजर खतरा भाई एक बार पूरा 360 डिग्री का रोटेशन बता देना यहाँ से कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं तो इन तमाम वीडियो घटनाओं के साथ में अब हम दोस्तों जा रहे हैं और हमें इजाज़त दो और वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ठीक